जबसे करा के लिया तो ये भगवाना सखी रे ना सता मुझे पिछा वाला पिछा वाला पिछा वाला जबसे करा के लिया ये भगवाना सखी रे ना सता मुझे पिछा वाला तो केतरतव मुआ मेला तो केतरतव मुआ मेला ये सखी दीबारा हो सखी गुदकू दीबारो ला चपेन्सर छुआ गज बाखिला बाखे सुगले ये बहुत दिन सुधे सखी गुदा गुदी परहोला अरे मई रे ए सखी गुदा गुदी परहोला हतर जब सन लंसर छुआ रेला ए सखी गुदा गुदी परहोला हतर जब सन लंसर छुआ हवा जबो तो दात में हो धाला भूल ला गया प्रेम प्रेम ये ये ये सखी सखी सखी गुदा गुदा गुदा गुदी ला। गुदा गुदी जब गुदा गुदी जब जब सर सर दिल्ली